वो मेरा दोस्त है अब वो चाहे गलत हो या सही हो मैं तो उसी का साथ दूंगा ना वो दोस्ती क्या जो गलत और सही का फर्क देखने लगे दोस्ती किया दिल से निभाएंगे चाहे गलत भी हो दोस्त सांप दे के जाएंगे